तू ही तू ही मेरा नाम है तू ही है मेरे साथिया तू चलता है यादों का घर में तू ही मेरा है साथिया तू तो ही मेरे चलता है यादों के घर में, में यादों के घर में यादों के घर में यादों के घर में